नमस्कार राम राम दर्शकों दिनांक 14 सितंबर का दैनिक राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ ले के नया आया है आज के दिन को प्रभावी बनाने के लिए विशेष उपाय क्या रहेंगे आज का पंचांग क्या कहता है तो विक्रम संबत्त दो हज़ार छिहत्तर सख तो और परिधावी नामक संवत्सर चल रहा है तिथि रहेगी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा सुबह दस बजकर दो मिनट तक की इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि लग जाएगी दर्शकों हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि प्रतिपदा को कुष्मांड का सेवन नहीं करना चाहिए तमाम दर्शकों के कमेंट कमेंट आए उस लोग तो समझते हैं कि पंडित जी कुष्मा क्या होता है तो भैया पेठा आप लोग जानते होंगे यदि आप पेठे का सेवन करेंगे तो धन का आपके नाश होगा ये आप लोग जान जाइए नक्षत्र रहेगा पूर्व भाद्रपद इसके उपरांत उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा करण जो रहेगा वब रहेगा और बालव रहेगा अंतिम करण जो रहेगा ये रहेगा कौलव योग रहेगा शूल इसके उपरांत गंड योग रहेगा दर्शकों सूर्योदय और सूर्यास्त की बात करें तो सनराइज होगा प्रातः पांच बजकर पचपन मिनट पर और सूर्यास्त होगा शाम को छह बजकर नौ मिनट पर शनिवार दिन रहेगा और दर्शकों जो पंचांग बनता है पांच अंगों से मिलकर के जो है बनता है ये पांच अंग हैं तिथि वार है तिथिवार नक्षत्रण चंद्रदेव का जो गोचर रहेगा कुंभ राशि में शाम को चार बजकर तेरह मिनट तक रहेंगे तदउपरांत ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य राशि दर्शकों रहेगी जो है सिंह राहुकाल की बात करें राहुकाल एक ऐसा काल होता है एक ऐसा समय होता है कि इस दौरान शुभ कार्यो का करना वर्जित माना जाता है तो शनिवार का जो राहुकाल रहेगा सुबह आठ बजकर अट्ठावन मिनट से दस बजकर तीस मिनट तक का रहेगा इस दौरान आप लोग शुभ कार्य मत करिएगा पूरे दिन पंचक भी रहेगा दर्शकों चलते हैं शुभ कार्यो के लिए तो शुभ कार्यो को यदि आपको करना है तो अमृत काल में आज करिए दोपहर एक बजकर सत्तावन मिनट से और दोपहर तीन बजकर पैतालीस मिनट अमृत काल रहेगा यथा तथा गुणे अमृत काल मतलब आप किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे आपके कार्य बनेंगे शनिवार दिन दिशा की बात ना करें तो बड़ी ना इंसाफी होगी तो दिशा पूर्व दिशा की ओर यात्राएं नहीं करनी चाहिए आज के दिन और यदि करनी पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा कि पहले पश्चिम की ओर आप चार पग चलिए उसके उपरांत अदरक का सेवन करके और फिर आपको यात्रा करनी होगी या धनिए का आप सेवन कर सकते हैं अदरक वाली चाय भी आप लोग पी सकते हैं तो ये तो था दर्शकों देखिए पंचांग अब हमारा राशि फल क्या कहता है मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ आज नया लेकर के दिन आया है इस पर हम प्रकाश डालते हैं लेकिन दर्शकों आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि 14 तारीख आज है और 15 तारीख है तो दो दिन दिल्ली आगमन हमारा है दिल्ली में है तो आप इच्छुक दर्शक जो कोई भी दिल्ली से हैं या इसके आस के क्षेत्र से हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं अभी तक आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बाधाएं आई हैं तो आप एक बार हमारे पास आइए और संपर्क करिए बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं लेकिन कोशिश करेंगे कि आपके मार्ग में आने वाली परेशानियों को कुछ कम कर सकें पूरी तरीके से नहीं कुछ कम वर्ड पे ध्यान दीजिएगा तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं वार्तिक राशिफल सभी राशियों का हमारे इस चैनल पर पड़ा है तो आप सभी मनीषी विद्वान लोगों से निवेदन है कि जा करके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप लोग वार्तिक राशिफल देख सकते हैं और दर्शकों मेष राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा तो आज का दिन साहब बड़ा बेहतर रहने वाला है आप नए विचारों से आज ओत रहेंगे जिन काम जिन कार्यों को करने के बारे में आज आप सोचेंगे उसमें आज आपको उम्मीद से ज़्यादा फायदा हो सकता है आप अपने जीवन के प्रति नजरियों नज़रिए को एक पॉजिटिव जो है रूप देना चाहेंगे आज आप अपने परिवार में बहुत ज़्यादा सम्मान के पात्र होंगे अविवाहित लोग जो कोई हैं इनको आज अचानक से कोई ऐसा प्रस्ताव आ सकता है विवाह का कि ये लोग इनकार ही नहीं कर पाएंगे लव मीट के लिए दिन अच्छा रहेगा कोशिश कीजिएगा कि आज शाम को आपको जो है चमेली के तेल में सिंदूर डालना है और हनुमान जी को लेप करने के बाद सुंदर कांड का आप लोग पाठ करिए आपके सभी जो बिगड़े काम हैं हनुमान जी की कृपा रहेगी बनेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज के लिए ग्रीन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण दिशा वृक्ष राशि के जातकों के लिए क्या कुछ आज है तो आज आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा ऑफिस में आज अपनी प्रगति के बारे में आप विचार करेंगे आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं उन्हें तरक्की के नए अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज आपको ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा जो आपको सफलता के पथ पर अग्रसर करेगा कोशिश कीजिए कि आज के आप लोग पीपल के वृक्ष पर जल में काला तिल और थोड़ी सी जो है मधु शहद जिसको बोलते हैं इसको अर्पण करिए करिए और दशरथ का पाठ दिन अच्छा शनि की ढैया चलने वृषभ राशि के जात को शनिवार दिन रहेगा तो भगवान शनि देव की विशेष कृपा आपको मिलेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा तीन और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा मिथुन राशि तो आज आपका दिन काफी बढ़िया रहेगा दोपहर तक आज आपको कोई गुड न्यूज प्राप्त होती हुई नजर आ रही है आज आपकी प्रतिभा का मान सम्मान बढ़ाने में कारगर साबित होगी आपको कुछ ऐसे टास्क दिए जाएंगे ऐसे काम दिए जाएंगे जिसको आज आप मन लगा करके और पूरा अपना 100 परसेंट दे करके पूरा कर सकते हैं खास करके जो मिथुन राशि के जातक हैं विज्ञान क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें किसी नई खोज में आज सफलता मिल सकती है कारोबार में काफ़ी फायदा होगा कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन शिवलिंग पर दूध में काला तिल डाल करके आपको ओम नमः शिवाय मंत्र से अर्पण करना है आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा कर्क राशि तो आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा कारोबार में अचानक से जो रुकावट आ रही थी ये दूर होती हुई नजर आएगी आज कोशिश कीजिएगा कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों का अपने दैनिक जीवन में उपयोग जरूर कीजिएगा और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का योग बन रहा है आज आपकी कोई महत्वपूर्ण और मूल्यवान चीज चोरी हो सकती है गायब हो सकती है दूसरों की मदद करिए अच्छी बात है लेकिन अपने जेब से मत लगाइए आज आपको जो है पैसा किसी को नहीं देना है कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन यदि आप लोग शनि चालीसा का पाठ करते हैं और हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में एक नया मोड़ आएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पिंक शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा सिंह राशि के जात क्या कुछ कहता है आज का जो है राशिफल तो आज आपका दिन मिला रहेगा सोचे हुए आज आपके कार्य पूरे करने में थोड़ा सा समय लगता है आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी कोई काम किसी पर पूरी तरीके से डिपेंड होकर ना करे तो ज्यादा ठीक रहेगा कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी रोजमर्रा के कामों को निपटाने में आज ज्यादा मेहनत लगती हुई नजर आ रही है किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने से आपको बचना है सोचे हुए काम आपके समय से पूर्ण होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज विकलांग व्यक्तियों को कुछ मीठा जरूर खिलाइएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पाँच और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा कन्या राशि तो कन्या राशि के जात को आज का दिन कई मामलों में कई कुछ सौगातें लेकर के आया करियर संबंधी जो है कोई शुभ समाचार आज आपको मिलेगा जिससे आज, आज आपके घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा सेहत आज, आज आपकी फिट रहेगी मन में पैसों को लेकर के आज कई तरीके से विचार आ सकते हैं जीवन साथी के साथ घूमने फिरने के लिए समय बेहतर है यात्रा का कोई कार्यक्रम बना सकते हैं कोशिश कीजिएगा कि आज रोटी में सरसों का तेल आपको लगाना है और ना ना ना कुत्ते को नहीं गाय को खिलाना है तो गौ माता को आज आप लोग खिलाइए शुभ कलर काली गाय हो तो जो है बहुत अच्छा रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा तुला राशि लिब्रा क्या कुछ कहता है लेकिन दर्शकों आज लाइक का टारगेट है कम से कम पांच लाइक तो आप लोग करिए ही तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप तक की पहुंचती रहे और दर्शकों पुनः बताना चाहेंगे 14 और 15 दो दिन दिल्ली में रहेंगे तो जो दर्शक दिल्ली से हैं आप लोग हमसे मिल सकते हैं तुला राशि के जात को आज आपका दिन कुछ खर्चीला रहने वाला है जरूरत से अधिक चीज़ों की आज शॉपिंग आप लोग करेंगे बेहतर होगा सामानों की लिस्ट बना करके यदि आज आप क्रमबद्ध तरीके से कोई जो है शॉपिंग करते हैं तो ठीक रहेगा आज आपका धन अधिक खर्च होता हुआ नजर आ रहा है घर में कोई मांगलिक उत्सव हो सकता है कोई जो है शुभ कार्य आप लोग कर सकते हैं नए एडमिशन लेने के लिए भागदौड़ करनी पड़ सकती है आज आपको कुछ पैसों की कमी भी महसूस होगी धन के मार्ग आज कम है आज पैसा कम आएगा लेकिन खर्च अधिक होगा दूसरों से बातचीत करते समय आज, आज आपको सावधानी रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग शनि मंदिर में जाइए और वहाँ पर जा करके दशरथ कृष्ण शनि स्रोत का पाठ करिए और भगवान शनिदेव के दर्शन करिए आपके जीवन में सभी समस्याएँ दूर होंगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है वृश्चिक राशि चंद्रमा इसी में नीचे के होते हैं देखिए ये राशिफल तमाम लोग क्वेश्चन पूछते हैं किस पर आधारित है तो ये चंद्र राशि पर हमारा राशिफल आधारित रहता है और चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस घर में बैठा है वो आपकी राशि हो जैसे हमने वृश्चिक राशि बताया तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे होंगे उनकी वही राशि होगी तो वृश्चिक राशि के जात को आज आपका दिन अच्छा रहेगा ऑफिस में किसी सहकर्मी से मदद प्राप्त होती हुई नजर आएगी कार्यक्षेत्र में आज आपकी तरक्की होना तय है कोई नहीं रोक सकता है यात्राओं का योग है प्रातःकाल से लंबी दूरी की यात्राएँ करेंगे खास करके जो है यदि आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जुड़े हुए हैं लेखन से रिलेटेड जुड़े हुए हैं तो आज आपको दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं आज आपका कोई काम जो रुका हुआ था पहले से वो पूर्ण होता हुआ नजर आएगा कई तरीके की रोचक विचार आपके मन में आएंगे और नए प्लान आज आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हुए नजर आएंगे उच्च अधिकारियों का आज आपको सहयोग प्राप्त होगा उपाय के तौर पर क्या करना रहेगा तो आज विष्णु चालीसा या विष्णु सहस नाम का आप लोग पाठ कर सकते हैं दिव्यता आएगी एक बार आप लोग करके देखिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम साथ। हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है राशि तो धनु राशि के जात को आज आपका दिन गोल्डन दिन रहने वाला है जीवन साथी को आज आप कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे जिससे आप लोगों के रिश्ते में मधुरता आएगी आज आप दूसरे के सामने अपने आप को साबित करते हुए नज़र आएंगे। आज अचानक से कोई जो है आइडिया आएगा जो कि आप अपने बिजनेस में अपने कार्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आएंगे कार्य क्षेत्र में जो लोग आपको परेशानी करते थे आपके सहकर्मी जो आपकी बात नहीं मानते थे वो आज आपके कायल हो जाएंगे कोशिश कीजिएगा कि खान में तली भुनी चीज़ों से आपको दूर रहना है जंक फूड से दूर रहिएगा एल्कोहल से दूर रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि संतान को आज आप लोग डाटिएगा मारिएगा नहीं करना क्या रहेगा उपाय के तौर पर तो उपाय के तौर पर देखिए आज कोशिश कीजिए कि आप लोग पीपल के वृक्ष पर थोड़ा सा जाइए और शक्कर और आटा जानते होंगे इसको मिक्स कर लीजिएगा और चींटियों को डाल के तब आप लोग आइए धन लाभ के लिए बहुत बड़ा ये टोटका है शुभ कलर आपके लिए क्या रहेगा तो शुभ कलर आज साहब आप लोगों के लिए रहेगा सैफ्रॉन कलर और शुभ अंक कैसा रहेगा आपका तो शुभ अंक आपका रहेगा एक नंबर शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये पूर्व और उत्तर दिशा अर्थात ईशान तो ईशान दिशा आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी कैप्रिकॉन मकर राशि तो मकर राशि के जातकों आज आपका दिन व्यस्तता में बीतेगा कामकाज में ज़्यादा मेहनत के बावजूद कुछ काम सफलता जो है कुछ कम सफलता आज आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी व्यापार में लाभ का योग बन रहा है दोस्तों से आज आपको कोई मदद मिलेगी आज आप किसी काम को करने के लिए जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे उसमें आपको उतनी ही कठिनाई महसूस होगी आपके काम आज कुछ समय के लिए अटक सकते हैं ऑफिस में आज वर्कलोड आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा कोशिश कीजिएगा कि आज जो है आप लोग कबूतरों को बाजरा जरूर डालिए और जिससे आपके काम में आ रही बाधाएं दूर होंगी आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा हमारी जो अगली राशि आती, आती है ये आती है कुंभ राशि क्या कुछ कैसे हैं कुंभ राशि के सितारे तो आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा अपने बिजनेस में नए प्रोग्राम करने में आज आप सफल रहेंगे आज आप जो भी सोचेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी पहले किए गए कामों से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे अधिकारी वर्ग आपके काम की तारीफ आज करेंगे पार्टनर के साथ आज आप थोड़े से रोमांटिक रहेंगे कहीं पर बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं प्रॉपर्टी से जुड़े काम आज आपके पूर्ण होंगे आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि विकलांगों को या मजदूर वर्गों को पका हुआ भोजन जरूर कराइए जिससे सफलता आपके कदम चूमेगी शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण दिशा अंतिम राशि पर चलते हैं लेकिन दर्शकों प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए प्रतिदिन हमारे चैनल पर विजिट करिए और हमारा राशिफल दिखिए पुरानी वीडियो चाहे वो भागीरथ श्रृंखला हो चाहे वो वार्षिक राशिफल हो चाहे वो वास्तु से रिलेटेड हो फिर चाहे वो उपाय हो चाहे वो कुंडली विश्लेषण हो ये सब आप लोग जा करके देख सकते हैं तो फेसबुक पेज पर भी है तो हमको लाइक कीजिए विभिन्न प्लेटफॉर्म ट्विटर हो गया इंस्टा हो गया इस पर भी जाके आप लोग हमको फॉलो कर सकते हैं मीन राशि के जातकों आज आपका दिन बढ़िया रहेगा यात्राओं का योग है दांपत्य संबंधों में नई ताजगी आज आप महसूस करेंगे आज आपके जो निवेश रहेंगे ये लाभदायक सिद्ध होंगे आपकी जो कोशिशें रहेंगी ये आज सार्थक सिद्ध होंगी आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि ऐसा कोई कार्य मत करिएगा जिससे आपके घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कोई पीड़ा पहुँचे भविष्य में बड़ा हुआ जो है बड़ा फायदा होने वाला है आप लोगों को और एक बात आज, आज आपको बता दें कि वाहन थोड़ा सावधानीपूर्वक चलाइएगा अन्यथा कोई चोट चपेट इत्यादि भी लग सकती है केसर का सेवन खाने में करिए और आज कोशिश कीजिए कीजिएगा पुरुष सूक्त का आप लोग पाठ करिए आपका दिन बेहतर गुजरेगा और केसर का तिलक मस्तक जिब्भा नाभी पर जरूर लगाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण तो ये तो था हमारा मेष्य लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और दिल्ली में फिर बता रहे 14-15 रहेंगे आ, आपको यदि मिलना है तो आप लोग दिए गए नंबरों पर स्क्रीन के WhatsApp कर सकते हैं यदि फोन नहीं उठता है तो आप लोग WhatsApp से प्रोसेस पूछ लिया करिए आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार